अगर आपके किसी YouTube वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है तो आप उसको कैसे हटाएं तो फ्रेंड उसके लिए आप सबसे पहले Google Chrome पे जाएंगे वहाँ पे अपना YouTube चैनल ओपन करेंगे फिर यहाँ पे YouTube के लोगो पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप YouTube स्टूडियो पे जाएंगे जाने के बाद फ्रेंड्स आप कंटेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कंटेंट में फ्रेंड आपके सारे वीडियो यहाँ पे शो अप हो जाएंगे सपोज आपके चैनल में 200 वीडियो हैं 300 वीडियो हैं या उससे भी ज़्यादा वीडियो हैं अब आपको ये नहीं पता कि आपके कितने वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम है तो आप उसको फ़िल्टर कर सकते हैं आप यहाँ फ़िल्टर के ऑप्शन पे जाएंगे यहाँ पर आप इन थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स आप फिल्टर लगा सकते हैं आपको किस बेसिस पर फ़िल्टर लगाना है आपने इस यहाँ से कॉपी क्लेम पर क्लिक कर लिया तो जिन वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम होगा वो वीडियो आपके यहाँ पे शो हो जाएंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे इस एक वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम है अब आपको पहले पता करना है कि किस चीज़ पे कॉपीराइट क्लेम आया है तो आप यहाँ पे इस कॉपीराइट क्लेम पे माउस से ऐसे जाएंगे, तो यहाँ पे ये यह बता रहा है कुछ योर वीडियो इज योर वीडियो इज इन एजलेबल फॉर मोनिटराइजिंग डू ए क्लेम और रिव्यू डिटेल यहाँ पर आप सी डिटेल पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स सी डिटेल पे जाने के बाद यहाँ पे आपको कुछ दिखा रहा है कि इस चैनल इस वीडियो के कॉपीराइट क्लेम से आपके चैनल पे फिलहाल कोई इंपैक्ट नहीं है ये दिखा रहा है और ये सब लिखा रहा है फ्रेंड्स मैं आपको पहले बता देता हूँ थोड़ा कॉपीराइट क्लेम अगर आपके किसी वीडियो पे है तो उसका मीन्स क्या होता है फ्रेंड जैसे मैं इसी वीडियो की अगर बात करूँ इस वीडियो पर मैंने एक म्यूजिक ऐड किया है वो म्यूज़िक किसी और कंपनी का है तो उस कंपनी की ओर से इस पर कॉपी क्लेम आया है कि भाई आप इस तरह से हमारा म्यूज़िक ऐड नहीं कर सकते फ्रेंड्स ऐसे होता क्या है अभी मैं अभी मेरा ये चैनल मोनिटाइज नहीं है मोनिटाइजेशन के बाद फ्रेंड्स क्या होता है फिर इस तरह से अगर आपके वीडियो पे कॉपी क्लेम होता है तो फ्रेंड जो भी आपकी अर्निंग होती है आपको उस पर्टिकुलर वीडियो की जो अर्निंग होगी वो आपको उस कंपनी को देनी होगी जिसने आपके ऊपर कॉपीराइट क्लेम किया कि भाई हमारा म्यूजिक ऐड right किया है तो उसको आपको देनी होगी तो फ्रेंड्स अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि इसको हम कैसे हटा सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स ये एक्शन का ऑप्शन है एक्शन में सेलेक्ट एक्शन पे आप जाएंगे यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं पहला ऑप्शन क्या है रिप्लेस सॉन्ग जो ये सॉन्ग सॉन्ग्स इन द जो ये ऑडियो है वो रिप्लेस कर सकते हैं पहले मैं आपको दिखा देता हूँ क्या ऑडियो है ये फ्रेंड जो बैकग्राउंड में ये म्यूजिक आ रहा है ये म्यूजिक ही आ, ये कॉपीराइट क्लेम का म्यूजिक है ठीक है और ये कितने वीडियो पे है ये पूरे वीडियो पे देखो ये पूरे वीडियो पे जितने सेकंड ये इकतीस सेकेंड का वीडियो है पूरे वीडियो पे ही ये कॉपीराइट क्लेम है देखा है ना जीरो से इकतीस सेकेंड तक पूरे वीडियो पर है अगर ये पूरे वीडियो पे नहीं होता है, बीच के कुछ पार्ट पे होता तो यहाँ पे आप जब जाते हैं तो यहाँ पे ट्रिम आउट सेगमेंट वाला भी ऑप्शन आपका अनेबल होता आप तब इसको भी सिलेक्ट कर सकते थे तो अभी ये मेरे पूरे वीडियो पे है इसलिए ये ऑप्शन डिसेबल है ठीक है अभी यहाँ पे ब्रांड्स आप किस तरह से इनको रिमूव कर सकते हैं कैसे हटा सकते हैं पहला है रिप्लेस फॉर्म आप रिप्लेस फॉर्म पर क्लिक करेंगे यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये YouTube लाइब्रेरी के बहुत सारे आपके सामने ये म्यूजिक आ गए हैं आप इनको किसी भी म्यूजिक को पहले सुन सकते हैं जो म्यूजिक आपको ठीक लगे आप उसको जो म्यूजिक आपको ठीक लगे आप उस म्यूजिक को सुनने के बाद यहाँ से ऐड करेंगे तो वहाँ पे ऐड हो जाएगा एक आप इस तरह से कर सकते हैं ठीक है सेकंड वे आपका क्या है म्यूट सॉन्ग आप म्यूट सॉन्ग पे क्लिक करेंगे तो इस पूरे वीडियो से जो म्यूजिक है वो म्यूजिक इसमें म्यूट हो जाएगा जैसे दिखा रहा है स्टार्ट टाइम एंड टाइम यहाँ से क्या होगा म्यूट ऑल साउंड वैन सॉन्ग प्ले तो हमारे तो पूरे सॉन्ग पर ही कॉपी राइट क्लेम है पूरे म्यूजिक पे क्योंकि पूरे पे ही है तो हम यहाँ से म्यूट ऑल साउंड वैन सॉन्ग प्लेज इसको म्यूट यहाँ से हम इसको कर सकते हैं अभी एक ऑप्शन फ्रेंड यहाँ पर ये आ रहा है म्यूट सॉन्ग ऑनली ये लिखा है रिमूव द क्लेम सॉन्ग ओनली कीपिंग द रेस्ट ऑफ द साउंड फ्रेंड्स ये अगर इस ऑप्शन का मतलब ये है कि अगर आपके पूरे वीडियो पर कॉपी राइट क्लेम नहीं है मीन सपोज पाँच सेकंड से बीस सेकंड तक ही ये म्यूजिक ऐड किया था और इसी पे कॉपीराइट क्लेम है तो फ्रेंड इसको इसको सेलेक्ट करेंगे आप म्यूट सॉन्ग ओनली लिखा है ना रिमूव द क्लेम सॉन्ग ओनली कीपिंग द रेस्ट ऑफ द साउंड जितने प्लेस पे है अगर कुछ प्लेस पे तो उतने वो करना है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे हमारे तो पूरे सॉन्ग पूरे हमारे तो पूरे वीडियो पर ही क्लेम है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे म्यूट ऑल साउंड एंड सॉन्ग प्लेस ठीक है अब यहाँ से हम इसको यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे तो यहाँ से भी ये क्या होगा हमारा सॉन्ग जो है यहाँ से म्यूट हो जाएगा तो भी कॉपी राइट क्लेम हट जाएगा अभी मैं कैंसिल करता हूँ और देखते हैं कुछ ऑप्शन है क्या एक फ्रेंड डिस्प्यूट का ऑप्शन है फ्रेंड डिस्प्यूट वाले ऑप्शन का मींस क्या होता है डिस्प्यूट का मींस ये है सपोज आपने कोई वीडियो आप डिस्प्यूट का मीन्स फ्रेंड ये होता है सपोज आपने कोई बैकग्राउंड में कोई सॉन्ग एड ही नहीं कर रखा उसके बाद भी कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है तो आप इस डिस्प्यूट वाले ऑप्शन पे जाके आप YouTube को बता सकते हैं कि भाई हमने तो कोई सॉन्ग एड ही नहीं कर रखा कोई म्यूजिक ऐड ही नहीं कर रखा बैकग्राउंड में उसके बाद भी कॉपी क्लेम आया हुआ है तो वो इस चीज़ को देखेगा मैनेज करेगा और आपके वीडियो से कॉपी क्लेम हटा देगा तो अभी हम इसको जैसे ये इस तरह से जाके हम यहां से इस सॉन्ग को मैं म्यूट कर देता हूं म्यूट सॉन्ग करके स्टार्ट से एंड तक ये फर्स्ट वाला सेलेक्ट करके इसको यहां से कंटिन्यू कर देता हूं ये म्यूट कर दिया मैंने यहां से और, और फ्रेंड्स यहां से मैंने इसको क्लोज कर दिया अब ये चेकिंग का ऑप्शन आ रहा है फ्रेंड कुछ ही देर में यहाँ से क्या होगा एक कॉपी क्लेम यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो फ्रेंड इस तरह से आप कॉपीराइट क्लेम को रिमूव कर सकते हैं और फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ को लाइक कीजिए इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मेरे को कमेंट कीजिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू